हल्का भी गले में खराश हो थोड़ा पर्याप्त आप लोगो ऐसी ले लीजिए डॉक्टर साहब ऐसी बता दीजिए प्रधान जी को बताइए दवाई आपको मिल जाएगी सबको मिलेगी ठीक है तो आप लोग देख लीजिए अभी छिया है ना मान रहे किसी की तबियत आ रहा है डॉक्टर देख लिया सब ठीक है अगर मिटल है, गया होम क्वारंटाइन पे लाएगा दवाइयाँ दे दी गई। अच्छा